हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बिटकॉइन और क्रिप्टो कोर्स के पहले पार्ट में तो इस पार्ट में हम बिटकॉइन और क्रिप्टो को एकदम आसान तरीके से समझेंगे किसी भी चीज को समझने के लिए तीन सवाल मुख्यतः हम पूछते हैं एक तो ये क्यों है ये क्या है और ये काम कैसे करता है तो बिटकॉइन को भी इसी तरह समझते हैं चलिए तो पहला सवाल आता है क्यों इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में और पैसे का सफर देखना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं जैसे कि आपको पता है पहले क्या था बार्टर सिस्टम था जिसमें सामान की लेन देन होती थी लोग सामान के बदले सामान एक दूसरे को देते थे फिर धातु आए जैसे सोना चांदी इत्यादि फिर आए कॉइन्स जैसे सोना चांदी के सिक्के और अलग अलग धातु के सिक्के आने लग गए फिर आई पेपर करेंसी पेपर करेंसी में थे गोल्ड बॉन्ड नोट जैसे आपको पता है फिर आया प्लास्टिक मनी प्लास्टिक मनी में था क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इत्यादि और फिर आई डिजिटल करेंसी जैसे कि आपको आ, जो आज की करेंसी है जैसे पेटीएम बैंक ट्रांसफर एन वगैरह वगैरह क्या आगे क्या ये एक सवाल है तो 2008 में सौते नाकामोटो नाम के एक अनजान व्यक्ति ने मतलब यह आदमी था या कोई ग्रुप था यह किसी को नहीं पता यह अभी तक अनजान है मतलब उसने एक बिटकॉइन सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर उसने इंटरनेट पर अपलोड किया तो ये जो सॉफ्टवेयर था ये डिसेंट्रलाइज था जैसे इंटरनेट होता है कोई इसे कंट्रोल नहीं करता आप इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन कोई गवर्नमेंट या कोई एक कंपनी इसको कंट्रोल नहीं करती तो ये डिसेंट्रलाइज्ड कहलाता है डिसेंट्रलाइज का मतलब ही है कि कोई इसे कंट्रोल नहीं करता ये अपने आप चलती है और ये सॉफ्टवेयर जो था ये ओपन सोर्स था मतलब इसका सोर्स कोड कोई भी देख सकता था फिर क्या हुआ लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना शुरू किया इंटरनेट से और इस प्रकार बिटकॉइन का एक नेटवर्क तैयार हो गया तो जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया मेरे सिस्टम में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर आ गया ऐसे जो सिस्टम बनते गए इसी प्रकार से बिटकॉइन का नेटवर्क पूरा एक तैयार हो गया अपने आप में तो ये एक माइनिंग सॉफ्टवेयर था जो बिटकॉइन नेटवर्क पर यूज़ होता है और एक था वॉलेट्स जो यूज़र्स यूज़ करते हैं जिससे लोग एक दूसरे को बिटकॉइन भेज सकते थे और ये सॉफ्टवेयर जो है इसका प्रोसेस फिक्स है ये कोई बदल नहीं सकता कभी भी तो चलिए देखते ये काम कैसे करता है इसे समझने के लिए आपको थोड़ा बैंकिंग समझना होगा जो आपको ऑलरेडी पता है मुझे पता है लेकिन देखते हैं कि ये बैंकिंग कैसे काम करता है तो समझ लीजिए राज को पैसे भेजने हैं पूजा को हज़ार रुपये भेजने तो यूजुअली क्या होता है हम राज के अकाउंट से हज़ार रुपये जब वो ट्रांसफर करेगा फिर राज के अकाउंट से हज़ार डेबिट हो जाएंगे और पूजा के अकाउंट में हज़ार क्रेडिट हो जाएंगे और इसका एक लेजर बनता है जो होता है बैंकिंग सर्वर पे लेजर होता है जिसमें जमा और खर्च दोनों लिखा जाता है और ये लेजर की कॉपी होती है बैंकिंग सर्वर पर तो चलिए आपको समझ गया बैंकिंग कैसे काम करता है अब देखते हैं बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कैसे कर, काम करता है तो समझ लीजिए राज को सिमिलर वे से भेजना है बिटकॉइन तो राज के वॉलेट में जो बिटकॉइन है वो माइनिंग सर्वर से होते हुए पूजा के वॉलेट में जाएगा जैसे बैंकिंग में बैंकिंग सर्वर्स थे वैसे ही बिटकॉइन में माइनिंग सर्वर्स होते हैं अभी के लिए आप ये नाम याद रखिए माइनिंग इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे तो ये सर्वर्स का नेटवर्क होता है पूरा तो क्या होगा राज के वॉलेट से एक बिटकॉइन कम हो जाएगा पूजा के बिटकॉइन वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा तो इसका लेजर बनता है इस लेजर को जैसे बैंकिंग में लेजर होता है वैसे ही बिटकॉइन के लेजर को ब्लॉकचेन बोलते हैं और ये माइनिंग नेटवर्क पे सेव होता है हर माइनर के पास इसका एक कॉपी होता है तो वेरिफिकेशन का, का काम बिटकॉइन नेटवर्क पे कौन करता है माइनिंग सर्वर्स करते हैं जो माइनर्स होते हैं वो करते हैं तो चलिए है अब हम ये समझते कि जो बिटकॉइन नेटवर्क है वो कैसे काम करता है अब ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मैं एकदम आसान तरीके से आपको इसे समझाऊंगा। तो एक बात आप समझ लीजिए बिटकॉइन नेटवर्क में 10 मिनट का एक साइकिल होता है तो इस साइकिल को ब्लॉक कहते हैं। मतलब 10 मिनट का एक ब्लॉक और जिस दिन बिटकॉइन बना था तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है हर 10 मिनट में तो पूरे एक घंटे में कितने ब्लॉक्स हुए छः ब्लॉक ओके तो आप देखते उस दस मिनट में जो एक ब्लॉक है उसमें क्या होता है तो हर दस मिनट में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर जो है वो सब माइनर्स को एक पज़ल देता है मैथमेटिकल पज़ल होता है और माइनर्स जो है उनके पास माइनिंग सर्वर्स होते हैं ये सर्वर्स मतलब एक माइनिंग के मशीन्स होते हैं स्पेसिफिक तो सॉफ्टवेयर क्या कहता है जो भी सबसे पहले वो मैथमेटिकल पज़ल सॉल्व करेगा हर दस मिनट में उसे बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलेगा तो इस केस में समझ लीजिए माइनर नंबर पाँच ने इस दस मिनट में वो पज़ल सॉल्व कर लिया तो उसको रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिल गए आगे के 10 मिनट में समझिए माइनर फोर ने पहले सॉल्व किया तो उसको रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिल गए तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और उसी 10 मिनट में और एक चीज़ होती है वो है जितने भी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन नेटवर्क पे होंगे उस 10 मिनट में उसका एक लेजर भी बनता है सबके पास एक ही कॉपी एक ही समय पर अपडेट हो जाती है तो ये प्रोसेस कैसे था एक बिटकॉइन सॉफ्टवेयर मैथमेटिकल पजल देता है फिर हर एक माइनर उसे जुट जाता है वो सॉल्व करने में तो जो भी माइनर उसको सबसे पहले सोल्व करेगा उसको बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिल जाता है और उसका एक लेजर जो है वो हर एक माइनर के पास उसका सेम कॉपी होता है और वो एक ही समय पे सब माइनर्स के पास नेटवर्क में जितने भी माइनर्स हैं सबके पास अपडेट हो जाता है तो इस प्रकार पूरा बिटकॉइन का नेटवर्क एक साथ मिलजुल चलता है तो अभी हम देखेंगे क्यों बिटकॉइन मतलब क्यों इतना बिटकॉइन में है सबसे पहली चीज़ है तो ये लिमिटेड क्वांटिटी है मतलब इसका जो उत्पादन है वो लिमिटेड है क्वांटिटी जो भी रहेगा बिटकॉइन का वो लिमिटेड रहेगा और वो फिक्स है वो बिटकॉइन सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी लिखा हुआ है और वो कोई भी नहीं बदल सकता तो ये उदाहरण है मतलब कैसे ये क्वांटिटी कम होती जाती है जब बिटकॉइन बना था 2008 में तो 2008 से 2012 तक हर एक ब्लॉक में मतलब हर दस मिनट में पहले पचास बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलते थे माइनर्स को ओके दो से दो तक क्या हुआ वो क्वांटिटी आधा हो गया तो अब 25 बिटकॉइन मिलने लग गए थे हर माइनर को उस 10 मिनट के ब्लॉक में 2016 से 2020 मतलब अभी का जो समय है 2018 वो इस ब्लॉक में आता है तो अभी के माइनर जो है जो माइनिंग कर रहे हैं उनको साढ़े बारह बिटकॉइन मिलता है हर 10 मिनट में और जो भी पहले सॉल्व करता है उसको वो रिवॉर्ड मिलता है जैसे हमने देखा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और वो बिटकॉइन का हर चार साल में प्रोडक्शन आधा होते जाएगा मतलब कैसे हुआ 2008 से 12 तक 50 मिलते थे 2012 से 16 25 तो ऐसे उसका क्वांटिटी आधा होता जाएगा और ये सिलसिला चलेगा दो साल तक लेकिन आप क्वांटिटी देखोगे तो कैसे आधी आधी होती गई है मतलब बिटकॉइन का डिमांड इस प्रकार से बढ़ता है क्योंकि क्वान्टिटी कम होती है और डिमांड बढ़ता है तो डिमांड वर्षे सप्लाई का ये खेल है पूरा और ये हर चार साल में आधा हो जाएगा तो कुल मिलाकर इस दुनिया में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर द्वारा सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनेंगे मतलब दो दशमलव एक करोड़ बिटकॉइन ही बनेंगे इस दुनिया में बिटकॉइन की और एक ख़ासियत यह है कि उसकी ट्रांजैक्शन फी बहुत कम होती है मतलब अगर मैं किसी को बिटकॉइन ट्रांसफ़र करता हूं तो मुझे फ़ी बहुत कम लगती है तो उदाहरण के लिए ऐसे लेते हैं कि समझ लीजिए मैं किसी को बैंक द्वारा हज़ार डॉलर भेज रहा हूँ यूएसए में तो बीच में जो भी बैंक्स होंगे या जो भी बैं, मेरे बैंकिंग द्वारा ट्रांजेक्शन होगा उसमें फ़ी ज़्यादा लगेगी मुझे मतलब कम से कम सौ डॉलर या पचास डॉलर मेरे फीस में जाएंगे और सामने वाले को नौ सौ पचास डॉलर के आसपास मिल सकते हैं बिटकॉइन का फ़ायदा ये है कि आप बिटकॉइन नेटवर्क में एक बिटकॉइन दस बिटकॉइन हज़ार बिटकॉइन भी भेजोगे तो भी आपको ट्रांजेक्शन फ़ी जो लगेगा वो बहुत कम होता है वो समझ लीजिए छः से साठ तक फ़ी लगता है उससे ज़्यादा नहीं लगता और ये फी बदलते रहती है लेकिन ये बहुत कम होती है नॉमिनल होती है तो ये एक फ़ायदा है बिटकॉइन का बिटकॉइन का जो यूनिट है वो 10 करोड़ सतोशी है मतलब जैसे रुपए में एक रुपये मतलब 100 पैसे होते हैं वैसे ही एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं तो बिटकॉइन का यूनिट क्या होता है सतोषी और एक खासियत क्या है बिटकॉइन की तो बिटकॉइन का नेटवर्क जो है वो नॉन हैकेबल है मतलब बिटकॉइन वॉलेट हैक हो सकता है लेकिन बिटकॉइन नेटवर्क हैक कभी नहीं हो सकता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे तो मोटा मोटी हम अगर बिटकॉइन को देखें तो इसका स्ट्रक्चर तो एक तरफ होता है माइनर्स जो बिटकॉइन प्रोड्यूस करते हैं जिनको बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलता है तो ये होते हैं प्रोड्यूसर्स एक होते हैं एक्सचेंजेस जिसमें आप लोकल करेंसी में बिटकॉइन एक्सचेंज कर सकते हो जैसे इंडिया में जेपे और कॉइन वगैरह थे और एक तरफ होते हैं आप और मेरे जैसे यूजर्स जो वॉलेट यूज़ करते हैं बिटकॉइन का एक दूसरे को बिटकॉइन भेजने के लिए दुनिया भर में तो इस प्रकार बिटकॉइन का पूरा नेटवर्क चलता है और ये एक बिटकॉइन का सिस्टम है तो अब हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कंसेप्ट क्या है तो क्रिप्टो करेंसी वो डिजिटल करेंसी है जिसमें क्रिप्टोग्राफ़ी का यूज़ होता है सिक्योरिटी के लिए जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी पर चलती है बिटकॉइन ये सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती थी और बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज़ होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता और वो ट्रांसपेरेंट होती है अभी मार्केट में 2000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ हैं तो ये हमने देखा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज़ क्या होती है और ये काम कैसे करती है जितना हो सके उतनी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है फिर भी आपको कुछ डाउट्स होंगे आपको कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए मैं ज़रूर आपको उत्तर दूंगा जल्द से जल्द आगे ये कोर्स जारी रहेगा बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और इस टेक्नोलॉजी को हम और डिटेल में एक्सप्लोर करते जाएंगे सो तो स्टे ट्यून चैनल सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बाय टेक केयर